गधा और धोबी एक निर्धन धोबी था उसके पास एक गधा था गधा काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिलता था एक दिन धोबी को मरा हुआ बाग मिला उसने सोचा मैं गधे के ऊपर इस बाग की खाल को डाल दूँगा और उसे पड़ोसियों के खेत में चरने के लिए छोड़ दिया करूँगा किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाग है और उससे डरकर दूर रहेंगे और गधा आराम से खेत चल लिया करेगा धोबी ने तुरंत अपनी योजना पर अमल कर डाला उसकी योजना काम कर गई और रातों रात गधा काफ़ी हट्टा कट्टा हो गया एक रात गधा खेत में चर रहा था कि उसे गधे की रेंकने की आवाज़ सुनाई दी उस आवाज़ को सुनकर वह इतना जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से रेखने लगा गधे की आवाज़ सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता चल गया और उन्होंने गधे की खूब पिटाई की इसीलिए कहा गया है कि अपनी सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए